हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल के वीडियो पर आई कार्ड और एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं इस बारे में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे दोस्तों और दोस्तों अगर आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मेरी इंस्टाग्राम आई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है तो चलिए हम अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों अब हमने अपना YouTube Studio ओपन कर लिया है इस प्रकार से आप भी अपना YouTube Studio ओपन कर लीजिए दोस्तों ये मेरा दूसरा चैनल है स्टेटस का तो दोस्तों आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक आपको दोस्तों मेरे इसी चैनल के चैनल अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चेक कर लीजिएगा दोस्तों और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर साइट में एक वीडियो का आईकॉन मिलेगा इस वीडियो के आईकॉन पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके वीडियो आ जाएंगे तो आपकी वीडियो की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी दोस्तों अब दोस्तों जिस भी वीडियो पर आपको आई कार्ड लगाना है और एंडी स्क्रीन लगाना है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों पोर्टेबल फुल स्क्रीन वाले वीडियो पर आप चार एंड स्क्रीन लगा सकते हो नॉन पोर्टेबल वीडियो पर दोस्तों आप दो ही एंड स्क्रीन लगा सकते हो तो दोस्तों हम फुल स्क्रीन वाला पोर्टेबल वीडियो ले लेते ले हैं तो इसको ले लेते ले हैं दोस्तों इस पर सिलेक्ट करते हैं इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर साइट में इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे दोस्तों ये ये देखिए दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस एंड स्क्रीन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे तो दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक एलिमेंट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एलिमेंट का ऑप्शन है तो दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इस एलिमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है ये देखिए दोस्तों अब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये चार ऑप्शन आ जाएंगे तो आप इसमें एक तो वीडियो एडिट भी कर सकते हो चार वीडियो आप एडिट कर सकते हो यहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट तीन वीडियो और एक प्लेलिस्ट भी एडिट कर सकते हो आप यहाँ पर तीन वीडियो और आपके चैनल का सब्सक्राइबर आइकॉन भी आप यहाँ पर एड कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक कर देना है एलिमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे तो दोस्तों आपको यहां पर वीडियो पर क्लिक करना है दोस्तों एंड स्क्रीन लगाने का फ़ायदा ये है कि जो आपके अच्छे वीडियो पीछे छूट गए हैं उनको भी आपके व्यूअर से देख सकते हो और आपको भी व्यूज़ मिल सकते हैं दोस्तों उन पर तो दोस्तों एलिमेंट्स पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने आप ऐसे तीन ऑप्शन आ जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके वीडियोस सा आ जाएंगे तो दोस्तों आपको कौन सा वीडियो एंड स्क्रीन पर लगाना है उसको सिलेक्ट करना है तो दोस्तों हम इस पर सिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए दोस्तों एक वीडियो ये लग चुका है अब दोस्तों सेम प्रोसेस यही है फिर आपको एलिमेंट पर क्लिक करना है फिर वीडियो पर क्लिक करना है उसके बाद में फिर यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और फिर आपको वीडियो सिलेक्ट करना है तो दोस्तों सेम प्रोसेस यही रहेगी ये देखिए दोस्तों एक और वीडियो यहाँ पर लग चुका है तो इस तरीके से आप चार वीडियो भी लगा सकते हो लेकिन मैं अभी आपको दो ही लगा के बताऊंगा एक आपको यहाँ पर आइकन जोड़कर बताऊंगा अब दोस्तों आइकन की भी सेम प्रोसेस है फिर एलिमेंट पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर ये तीसरे नंबर के ऑप्शन सदस्य बने इस पर क्लिक करना है और ये देखिए दोस्तों ये मेरे चैनल का आईकॉन यहाँ पर एड हो चुका है अब दोस्तों कोई भी इस वीडियो के इस आइकन पर क्लिक करेगा तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को इसी आइकन पर क्लिक करके वो सब्सक्राइब कर सकता है दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार से आपने दो वीडियो ऐड कर लिए हैं और एक सब्सक्राइबर एलिमेंट ऐड कर लिया है अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट लगा देनी है तो दोस्तों प्ले लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस है आप प्ले पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने आपके चैनल की प्ले आ जाएगी तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों ये देखिए आपके चैनल की प्ले भी यहाँ पर एंड स्क्रीन में लग चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने एंड स्क्रीन का सेटअप कर सकते हो दो वीडियो डाल सकते हो या फिर आपको चार वीडियो एक साथ डालना है तो आप चार वीडियो भी डाल सकते हो लेकिन दोस्तों मैंने आपको केवल ये प्रोसेस पूरी तरीके से सारी प्रोसेस बताई है कि आप सब्सक्राइबर एलिमेंट भी लगा सकते हो प्ले भी लगा सकते हो तो, तो दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें लगाई नहीं तो मैं दोस्तों चार वीडियो भी यहाँ पर लगा सकता था अब दोस्तों ये पूरा सेटअप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है अब चलिए दोस्तों जोड़ते हैं हम अपने वीडियो में आई कार्ड कि आप आई कार्ड कैसे लगाते हो जो वीडियो के ऊपर कोने में साइड में आता है उसको बोलते हैं आई कार्ड तो दोस्तों आई कार्ड कैसे लगाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आई कार्ड का ऑप्शन मिलेगा ये देखिए दोस्तों ये आई कार्ड तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आई कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा तो दोस्तों आई कार्ड में भी आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो तो दोस्तों आई कार्ड में भी आप वीडियो ऐड कर सकते हो प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो चैनल ऐड कर सकते हो तो दोस्तों आई कार्ड में इतनी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो तो दोस्तों क्या है इसका भी फायदा क्या है कि आपके व्यूवर्स को वीडियो से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा वीडियो के साइड में क्लिक करके आपके प्लेलिस्ट वग़ैरह वीडियो जो भी है वो वहाँ से चेक कर सकता है दोस्तों तो दोस्तों आपको वीडियो ऐड करना हो तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस प्रकार से वीडियो आ जाएंगे तो आपको जो भी वीडियो अपने आई कार्ड में लगाना है आप उस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब दोस्तों ये वीडियो मेरे आई कार्ड पर लग चुका है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस आई का नाम आ चुका है उसके बाद में दोस्तों आपको फिर यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन नजर आएगा तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है चैनल जोड़ना है तो चैनल पर क्लिक करिए तो दोस्तों आपको चैनल जोड़ के बता देता हूँ तो चैनल जोड़ने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चैनल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा तो आपको यहाँ पर सर्च करना है जिस भी चैनल को आपको अपने आई पर एड करना है उस चैनल को यहाँ पर सर्च करना है तो दोस्तों मैं यहां पर सर्च करता हूं क्रिएटर कमलेश तो ये देखिए दोस्तों मैंने क्रिएटर कमलेश सर्च किया है तो यहां पर ये चैनल आ चुका है मेरा तो इस चैनल पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों ये बोल रहा है यहां पर कि चैनल कार्ड में एक कस्टम मैसेज होना चाहिए तो दोस्तों आप यहां पर एक मैसेज डाल दीजिए तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है क्रिएटर कमलेश नीचे लिख दिया टेक्निकल चैनल तो दोस्तों देखिए ये चैनल भी मेरा इस आई कार्ड में एड हो चुका है ये यहाँ पर टेक्निकल चैनल लिखा हुआ आ चुका है दोस्तों और दोस्तों अब आप आपको यहाँ पर फिर आई कार्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्ले पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर अपने प्ले पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी प्ले लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी दोस्तों ये देखिए दोस्तों अब दोस्तों जब आपका वीडियो रनिंग में होगा और आपके वीडियो के कोई साइड आइकॉन पर थ्री डॉट पर क्लिक करेगा तो वहाँ पर उसे आई कार्ड में ये सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने ऐड की हैं तो दोस्तों अब इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों अब आपके वीडियो पर आई कार्ड और एंड स्क्रीन दोनों लग चुके हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने वीडियो के एंड स्क्रीन और आई कार्ड लगा अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू दोस्तों